जहां एक और कोरोना वायरस पूरी दुनिया के 32 से ज़्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है वहीं पूरी दुनिया के शीर्ष नेताओं से लेके शाही परिवार तक हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं वो हैंडशेक की बजाय नमस्ते कर रहे हैं पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की तारीफ हो रही है इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति इसराइल के प्रधानमंत्री जर्मनी के चांसलर से लेके ब्रिटेन का शाही परिवार शामिल है और सबका यही कहना है कि अगर हमें कोरोना वायरस से जंग जीतनी है तो इसमें भारत का नमस्ते एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर और भारतीय संस्कृति पर तो इसीलिए कोरोना नमस्ते